धन्यवाद में खोता कुछ नहीं है मिलता बहुत है लेकिन शिकायत में मिलता कुछ नहीं है लेकिन खोता बहुत है फिर समझ लो आप